बिहार के सहरसा के चैतन्य झा और जर्मनी की मार्था की लव स्टोरी किसी बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की तरह है सदर थाना क्षेत्र के पटवाहा गांव के चैतन्य जर्मनी में पीएचडी कर रहे थे इसी दौरान उनकी मुलाकात मार्था से हुई दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी। फिर दोस्ती हुई दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला मार्था ने ही अपनी तरफ से पहल करते हुए चैतन्य के सामने शादी का प्रस्ताव रखा बाद में प्रेमी युगल को दोनों परिवारों की सहमति मिल गई मार्था अपने पूरे परिवार के साथ बिहार आई और मिथिला परंपरा से अपने प्रेमी से 30 नवंबर को शादी कर ली शादी में उनकी मां और बहन भी मौजूद रही शादी जिले के पटुआहा स्थित आम में हिंदू रीति रिवाज ऐसी सम्पन्न हुई सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के पटुआहा गांव के अमल कुमार झा के बेटे चैतन्य जर्मनी में पीएचडी कर रहे थे इसी दौरान उनकी दोस्ती पोलैंड के वारसा के जुनस्क ओलोवस्की और दनुता ओलोवास्का की बेटी मार्था से हुई दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई दोनों ने अपने प्यार को नाम देने का फैसला किया चैतन्य के चाचा ध्रुव झा ने बताया चैतन्य की पढ़ाई लिखाई सहरसा में ही हुई शिलोंग से बीटेक करने के बाद बेल्जियम से एम एस की डिग्री हासिल की उसके बाद पीएचडी करने के लिए चैतन्य ने जर्मनी का रुख किया वहां पढ़ाई के दौरान मार्था से दोस्ती हुई दोस्ती के दौरान ही लड़की के पक्ष से शादी का का प्रस्ताव आया दोनों परिवारों की रजामंदी ऐसी मिथिला की परम्परा के अनुसार शादी हुई मारथा पोलैंड के वार्सा के ओलोवस्का की बेटी ध्रुव झा ने यह भी बताया कि मार्था अभी हिंदी बोलना नहीं जानती हालांकि मार्था ने वादा किया है कि वह दो तीन महीने में हिंदी सीख लेंगी मार्था अंग्रेजी जर्मनी समेत आठ भाषाओं की जानकार भी है शादी में सिंदूरदान समेत सभी रस्मों को मार्था ने शालीनता से निभाया इस दौरान उनकी मां और बहन में भी रस्मों को बड़ी दिलचस्पी दिखाई शादी के लिए मार्था ने खुद पहल की दरअसल अपने प्यार को पाने के लिए मार्था ने शादी की पहल खुद की उन्होंने पहले अपने परिवार को चैतन्य के बारे में बताया उनके परिवार ने शहर रिश्ते को स्वीकार कर लिया तब मार्था ने चैतन्य से उसके परिवार की रजामंदी जाननी चाह चैतन्य ने भी अपने परिवार ऐसी बात की दोनों परिवारों को इस रिश्ते आरोप आपत्ति नहीं थी बाद में मारथा ने अपनी माँ और बहन के साथ भारत आकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फ़ैसला किया मार्था लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत नज़र आई शादी की रस्मों के दौरान कभी यार से पति चैतन्य को निहारा तो कभी उन्होंने अपनी माँ बहन पर प्यार लुटाया शादी की रस्मों को समझा मार्था की माँ ने सिंदूरदान की रस्म अदा की अब वह यहाँ की रीति रिवाजों की बारीकियों की सीख रही है साथ ही हिन्दी भी सीख रही है